हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आप जितने भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो यहाँ पे आपने एक चीज को नोटिस किया होगा जिस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखते हो उस चैनल की डीपी के सामने आपको ग्रीन कलर का डॉट बना हुआ दिखाई देता है तो आपने कभी ना कभी ये जरूर से सोचा होगा कि ये ग्रीन कलर का डॉट क्यों आता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि जब वो यूट्यूबर ऑनलाइन होता है मतलब जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और वो यूट्यूबर जब यूट्यूब होता है तो उसकी डीपी के सामने ये ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट बना हुआ आता है। मतलब आप ग्रीन से ये पता कर सकते हो कि जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है वो यूट्यूबर अभी ऑनलाइन है या ऑफलाइन है तो अब आप समझ गए होंगे कि ये ग्रीन डॉट क्यों आता है तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और YouTube से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना धन्यवाद थैंक यू सो मच